मैं आपको इस वीडियो पर दिखाने वाला हूं कि फेसबुक से कोई वीडियो को डायरेक्ट कैसे डाउनलोड करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम फेसबुक को ओपन करते हैं फेसबुक ओपन करने के बाद सबसे पहले हम वीडियोस पे जाते हैं वीडियोस में जाने के बाद सबसे पहले हम एक कोई वीडियो को चूज कर लेते हैं जैसे मैं ये वीडियो चूज करता हूँ इसके ऑप्शन बटन पे ऑप्शन पे जाना है आपको और ऑप्शन पे जाने के बाद कॉपी लिंक पे दबाना है जैसे ही उससे दबाइएगा आपका लिंक कॉपी हो जाएगा फिर सबसे पहले आपको आना है गूगल में गूगल में हमको सर्च करना है एवी वीडियो डाउनलोड ये एक तरह की साइट है जहाँ पर जाने के बाद आपका पेज ओपन होता है यहाँ पे हम इस सबसे ऊपर वाले पे जाते हैं जैसे ही है ये पेज ओपन करते हैं यहाँ पे इंटर यूआरएल करके आपका आता है नेट स्लो होने के कारण थोड़ा लेट हो रहा है जैसे है हम इसे ये पेज ओपन होता है हम यूआरएल को पेस्ट कर देते हैं वेस्ट करने के बाद हम सर्च करते हैं सर्च करने के बाद कुछ देर वेट करते हैं वेट करते ही हमारा ये पेज ओपन हो जाता है इस तरह का फिर इस पर एक ऑप्शन आएगा स्क्रॉल अप करने पे यहाँ डाउनलोड पे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे हमें ऑप्शन देता है कि किस तरह से हम किस तरह के वीडियोज़ हम चाहते हैं फोर में चाहते हैं पी में चाहते हैं उस तरह वो दबाने के बाद आपका ये डाउनलोड शुरू हो जाता है और इस तरह आपका वीडियो डाउनलोड होता है तो अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।